नमस्कार मित्रों आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की ये वीडियो बनी है भगवान विष्णु की सुदर्शन चक्र के ऊपर और महादेव के त्रिशूल के ऊपर तो आइए जानते हैं इन दोनों के बारे में सुदर्शन चक्र सुदर्शन चक्र जैसा श्रेष्ठ अस्त्र 12 आरोग छः नाभियों और दो युगों से युक्त अत्यंत सुंदर अति गतिशील और तुरंत संचालित होने वाला अस्त्र है इसके अलावा ये इतनी तीव्रता से घूमता है कि ये वायु के वेग को अपने अंदर मिला लेता है इतनी तीव्रता से घूमने के कारण इसके अंदर अग्नि का प्रवाह उत्पन्न होता है और ये शत्रु का अंत कर देता है इस अस्त्र का उपयोग कई बार हुआ है प्राचीन कथाओं के अनुसार इसकी अरों में देवता नक्षत्र की राशियां, बदलने वाले ऋतुए अग्नि वरुण की शक्ति इंद्र की महाशक्ति प्रजापति की ताकत सोम मित्र हनुमान जी का विराट बल और चैत्र से लेकर फाल्गुन तक के बारह महीने प्रतिष्ठित हुए हैं इसके अलावा कुछ कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने महादेव की कठोर तपस्या से इस चक्र को प्राप्त किया था असुरों का संहार करने के लिए अब बात करेंगे हम त्रिशूल की त्रिशूल महादेव का अद्भुत अस्त्र है यह बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र है ऐसा माना जाता है कि सुदर्शन चक्र और त्रिशूल दोनों समान हैं प्रकृति के तीन गुण सतो रजों और तमो को त्रिशूल के रूप में महादेव धारण करते हैं इस त्रिशूल को त्रिमूर्ति की शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि क्या होता है जब ये दोनों टकराते हैं ऐसा हमारे इतिहास में भी एक कथा जुड़ी हुई है जिसके अंदर ऐसा हुआ था त्रिशूल और सुदर्शन चक्र सामने आमने सामने आए थे।